हेलो hey गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो कि प्रीव्यूम देखा उसको ट्यूटोरियल बताने लूँ तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना तभी आप लोगों को इफेक्ट समझ आएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा तो गाइस आप लोग को स्ट्रेस बनाने के लिए लाइट पोस्टर की जरूरत पड़ेगा अगर आप लोगों के पास नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पिन करके रखा वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगा जो कि बीट मार्क प्रोजेक्ट और टैक्स इफेक्ट तो दोनों में डिस्क्रिप्शन में दूंगा आर्मी टर्निंग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए तो आप लोग बीट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा जो कि बीट बना रहेगा शोक का तो उसको आप लोग सुन लेना और इफेक्ट लगाना होगा आप लोग सबसे पहले पे फोटो को एड करना होगा तो फोटो को एड कर लेता हूं मैं आर्मी ट्रिंग डिस्क्रिप्शन में दूँगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना चाहिए क्लियर है डाउनलोड कर लो तो यहां पर फोटो को क्लिक करना होगा यार यानी मेरे के राजेंद्र और एक वाइड साइड को भी सेलेक्ट करना होगा वाइड साइड को क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये रहा गाइस वाइड साइड को क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हम वाइज को मूवमेंट करके क्लिक करें इसको नीचे लेके आ जाना है अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इसको भी एंड में लेके आ जाना है अब दिखना है सॉन्ग का लिस्ट तो सॉन्ग को खोलना और उसको सुनने तो के बाद प्लस करना है पे जाना होगा यहाँ से जो कि फर्स्ट लिफ्ट होगा उसको लिख लेना है मेरा यार है यहाँ सॉन्ग को लिखने के बाद रोबोट रेगुल के बगल में जो है इसको क्लिक करना होगा यहाँ से रोबोट रेगल क्लिक करना होगा जो बिग जोन फॉन्ट मेटेल जो, जो कि अर्टिंग उंड करते तो वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेना इतना हो इतना अठारह पीटी उसको बीस कर लेना है राइट पे क्लिक करना होगा इसको नीचे लेके इतना में एडजस्ट करना लेना होगा इतना में इतना खड़ो इसको क्लिक करना है लिस्ट कर को, को एंड में लेके आ जाना है एंड में छोड़ देना है इतना आप लोग कोई देखो बिट वीडियो का इधर से कट कट कर देना है कट कर मैं इधर सभी मैं कट नहीं कर रहा हूं कि तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसके बाद सेकंड डेज को जो लिखना है तो जिटेक्स पे जाना इधर से इसको कट कर देना है ये हो भी हो गया मेरा यार इसको भी इधर से सभी को तो यहां अपनों को जो इसको भी को आज सभी इस ऐसे ही आप कल तेरी इस को तेरी की कर इसको लिखने के बाद गए लोगों को राइट क्लिक करना होगा जैसे जो कि टेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट इफेक्ट में, बाद ऐसे की क्लिक करना होगा टेक्स्ट इफेक्ट को इफेक्ट्स पे पे जाना होगा। होगा। क्लिक करना इफेक्टिक्लिक आप लोग को बहाना है हो गया अब फोटो में भी इफेक्ट लगाना है फोटो टेक्ट कर लेना है कलेक्ट करने में जैसे से टेबलेट को को क्लिक करना है ऊपर थ्री डॉट पे कॉर्नर पे दिख रहा है थ्री रोड क्लिक करना है फिर कॉम्पोजिशन एरिया को क्लिक करना होगा यहाँ से ब्लेंडिंग ब्लैंडिंग ऑपरेश करना है जाना ऐसे स्क्रीन कर लेना इतना क्रम से आप लोगों को जो कि लास्ट में जाना है इसको कट कर देना नहीं तो कहीं लोग का वीडियो ऐसे ही चलता चला जाएगा टेबलेट दिखाते दिखाते गए इतना आप लोगो भी लगा लेना है गई तो मैं लोगों लगा लेता हूँ यहाँ से ऊपर में लेके आ जाना है इसको भी लेके आ जाएगा है, तो है। टेक्स्ट पे जाना होगा इस एक और काम है यहाँ से इमोजी को भी सिलेक्ट कर लेना होगा इमोजी बहुत इंपोर्टेंट है इस तभी आप लोगों का स्टेटा चेकअप जस्ट लिखेगा इमोजी सेक्शन में आप लोगों को, को आईफोन एमओजी उसे तो भी सेलेक्ट कर लेना होगा इतना मिले कि आ जाने की मौजूद को तो अपन लोग का इफेक्ट पे नहीं पड़ रहा है तो गाइस हम लोग का जो किस तरह तो से बनकर तैयार हो के इसको सेटिंग आइकन इसको क्लिक करना होगा क्लिक करें तो गाइस हमारा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब किए पाने के लिए